किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है सबको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता किसी को मेरे ड्रीम पे विश्वास नहीं किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है न ही पेरेंट्स को न रिलेटिव्स को न ही फ्रेंड्स को कोई मुझे नहीं समझता मेरे साथ कोई नहीं है सब कुछ मेरे अगेंस्ट है हा तो तो क्या सिंपति दू जो सपना तेरी आंखों में है वो तुझे दिया गया है उन लोगों को नहीं वो सपने ने वो मकसद ने तुझे चुना है तेरे फ्रेंड्स या तेरे पेरेंट्स को नहीं क्योंकि तू उसके काबिल है, है, है। वो लोग नहीं। नहीं नहीं नहीं पेरेंट्स को भरोसा नहीं है। को भरोसा भरोसा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी तो कोई बात नहीं ना। देख जो करना है वो तो करना है अब हंस-हंस के करना है या रो रो के करना है वो तेरी मर्जी इस दुनिया में कुछ भी इम्पोसिबल नहीं सब कुछ पॉसिबल है मटीरियल वर्ल्ड में कुछ भी पाने के लिए हासिल करने के लिए कुछ लॉज कुछ रूल्स है को तुझे समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा इसके लिए किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है समझदारी की जरूरत है। जिस भी फील्ड में तू सक्सेस होना चाहता है उस फील्ड को लेकर अगर तेरी समझ गहरी हो गई तो फिर कोई भी ड्रीम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तुझे सिर्फ एक इंसान का भरोसा चाहिए खुद का तुझे सिर्फ एक इंसान का साथ चाहिए वो जो शीशे में तेरे सामने खड़ा है महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली फर्क नहीं पड़ता मैच जीत गए तो ताली हार गए तो गाली सब बदलते हैं, सब मतलबी ही है तेरा साथ छोड़ करके जा सकते हैं पर तू खुद का साथ कैसे छोड़ेगा वो तो तेरे जितने भी डाउटर है जितने भी क्रिटिक्स है सबको दिल से बोल दे कि कोई बात नहीं पेरेंट्स को भरोसा नहीं है कोई बात नहीं फ्रेंड्स को भी भरोसा नहीं है कोई बात नहीं किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है कोई बात नहीं तेल लेने जाओ मुझे खुद पे भरोसा है मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है मुझे मेरे काम के लिए जो प्यार है मुझे उस प्यार पे भरोसा है पूरी से बुरी सिचुएशन है कोई बात नहीं हजारों प्रॉब्लम है अब कोई बात नहीं द मोमेंट यू से कोई बात नहीं पबकी बड़ी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम फुद्तू बन जाती है और एक सेकेंड में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा जबरदस्ती अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा करना बंद कर दो क्योंकि आपसे बड़ा कुछ नहीं है आपसे ज्यादा कुछ नहीं आपके बाहर कुछ भी नहीं यू आर अपर ह्यूमन